अगर आप सुबह 10 बजे मुंबई से दिल्ली बस से जाते हो और कई घंटों के बाद दिल्ली पहुंचते हो तो रास्ते में आपको कितने मोड़ मिलेंगे जवाब सोचने के लिए आपके पास 10 सेकंड का समय है